हाय गाइस मैं हूँ अजय अंबोज और आज एक नई क्वेरी के बारे में बात करेंगे क्वेरी है कि मैंने आपको ब्लॉग पढ़ा है ओ ड्रग्स के बारे में ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ओ प्रोडक्ट की ई e कॉमर्स वेबसाइट शुरू करूँ तो उसके लिए मेरे को किसी प्रकार के ड्रग लाइसेंस की जरूरत होगी या नहीं होगी अगर आप कोई ओ प्रोडक्ट की वो लिस्ट शेयर कर सकते हो जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है केवल जीएसटी नंबर की जरूरत होती है तो वो भी बेचिए देखिए अगर ओटीसी ड्रग की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ओटीसी ड्रग्स को बेचने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती ओटीसी ड्रग्स में केवल हमें डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती कि जब भी ओटीसी प्रोडक्ट को बेचने की बात आती है ऑनलाइन या ऑफलाइन जब भी हम उसको बेचते हैं तो उसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हम उनको बेच सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन अगर हम बेचना चाहते हैं ऑफलाइन तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है लेकिन जब ऑनलाइन सेलिंग की बात आती है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग बेचना इलीगल होता है लेकिन जब ओटीसी ड्रग्स की बात होती है तो चाहे आप उसको ऑनलाइन बेच रहे हो चाहे ऑफलाइन बेच रहे हो तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अगर आप ई e कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना चाहते हो ओ प्रोडक्ट की तो वहाँ पर आपके पास लाइसेंस होना कंपल्सरी है केवल आप वो जो छूट मिलेगी वो प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड मिलेगी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी होगी के पास तो भी आप आप उसको कर सकते हो हो अगर आप उन को चाहते हो, जो केवल जीएसटी तो की लिस्ट नहीं होती सारी ओटीसी प्रोडक्ट के लिए जो फार्मा में आते हैं उनको बेचने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी और जीएसटी नंबर की भी जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने कॉमर्स पोर्टल पर केवल बिना लाइसेंस के जीएसटी नंबर के साथ ही बेचना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट को वहाँ पर बेच सकते हैं उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग